और बोली लगा मकान की नशा दारू में दशा भाई दुकान की बोली लगा मानिए बीस रुपए दे रहे हमारे मोसिया जी और घर वाली परेशान होती थी और गोली लगा दई मकान की बेचवे कह रहे हो न साफई तु अरे रोजो घर है तुम ऐसे कर्म करो तो कुराने तो फिर वही तो।, तो सही बात करें अरे रोजो घर ओलाने सही उठे कल आगे, आगे, आगे। तो की बेले गए तो दारू बालन को हाल है सुर के अगर पैसे न मिले तो सोनो चांदी भी गाने लगते नहीं ये बात तो सही कह रही तुम। सही कह रही सही कह रही दारू बाल को जो ही हाल हाल तलफ लगा सोमनाथ में छोड़ेंगे are bye bye, bye, -bye. लेकिन एक बार यार हम जबल तो झुमकी मैंने कहा इमली बारो इमली बारो हाथों इमली तू तो जो बगिया अरे इमली अच्छा अरे गाने जी बारे धरे हमारों। गाने खा भगवान की कसंगी झूठी ढगे तुम कौन तो में लग सही बात है पहला सुजूती भगवान की कसम तो झूठी खाई गई अच्छा चा, चा, चा, चा। और बोली लगा